हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत मेरे दोस्तो है मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों पे लेटर के बारे में, में. दोस्तों पे लेटर के बारे में हम इंक्रीज करने के लिए हम पे लेटर या फिर लोन, लोन लेते हैं तो उसके बारे में बात करने वाला हूँ की सबसे बेस्ट पे लेटर रहता है या फिर लोन एप्लीकेशन में लोन लेना चाहिए तो दोस्तों अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है और आपका इनकम का कोई शोर नहीं है तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है तो आप अपने शिविर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको आज एक एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपना क्रेडिट स्कोर इंक्रीज़ भी कर सकते हो और स्टेप बाई स्टेप जैसे बताऊंगा वैसे वैसे करोगे तो आपका जो सीविल स्कोर है वो इंक्रीज़ होने लग जाएगा अपना क्रेडिट स्कोर इंक्रीज़ करने के लिए आप लोन लेते हैं या फिर पे लेटर लेते हैं तो मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ अगर आपको सीविल स्कोर इंक्रीज करना है तो सबसे बेस्ट है क्रेडिट कार। कार्ड क्रेडिट कार्ड अगर आपका इनकम में शोर नहीं है और आपकी कहीं बैंक में इनकम नहीं आ रही है तो आपको क्रेडिट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है तो उसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि आप प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐसे पे लेटर एप्लीकेशन मिल जाएंगे उसके थ्रू आप अपना सिविल स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि पे लेटर क्रेडिट कार्ड की तरह होते हैं हर हर महीने उसका जो रिपेमेंट करते हैं वो अपडेट होता रहता है हर महीने रूटीन हर महीने जिस क्रेडिट कार्ड का होता है वैसे हर महीने उसका जो हमारे क्रेडिट स्कोर में सिविल में वो अपडेट होता रहता है तो वो क्रेडिट कार्ड की तरह हम किसी एप्लीकेशन में लोन ले लिए चाहे एन हो या फिर अदर एन ना हो चाहे एन में कंपनी में अगर हम लोन लेंगे तो वो सिबिल में अपडेट होएगा और अगर हम जो अनसिक्योर कंपनी में लोन लेते हैं तो वो वहाँ पे क्रेडिट स्कोर में हमारा है वो वहाँ पे अपडेट नहीं होएगा और जैसे लोन एप्लीकेशन है लोन एप्लीकेशन में हम लोन लेते हैं तो लोन लेते हैं तो हमारे यहाँ पे तीन ही ई एम में हम पे करना है तो लोन एप्लीकेशन वाले क्या करते हैं कि कभी कभी जैसे मान लो कि आपने फर्स्ट महीने में उसको पे कर दिया और सेकंड में पे कर दिया तो वो फर्स्ट वाली अपडेट कर देंगे दूसरी सेकेंड वाली अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि तो मेरे साथ ये हो रहा है क्योंकि मैंने आज से महीने पहले पाँच महीने पहले मेरा जो लोन एन जो फायर मनी है फायर मनी के द्वारा मैंने लोन लिया था वहाँ पे एक ई लास्ट वाली में जमा कर दिया था लेकिन वो अभी तक वहाँ पे शो कर रही है, एक बता रहा है और वो वो दिखा रही है तो हमारा जो अपडेट होने में थोड़ा डिलई होता है उसमें तो हमारा जो सिविल स्कोर है वहाँ पे जाके वो डाउन हो जाता है क्योंकि हमारे रिपेमेंट हंड्रेड रहेगा तो ये अच्छी जो हमारी जो इन... सिविल स्कोर का जो पॉइंट है वो इंक्रीज होगा तो मैं उसी के बारे में सबसे बेस्ट पेलेटर बता रहा हूँ तो पेलेटर आपको मैं प्ले स्टोर पर भी दिखा देता हूँ कि कौन से कौन से पेलेटर आपको यूज करना चाहिए या कौन से पेलेटर नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि अपना सी स्कोर इंक्रीज करने के लिए सबसे बेस्ट पेलेटरी होगा कि हमारा सी स्कोर इंक्रीज हो जाए आपको पेलेटर या फिर लोन अपलाई करने के लिए आप डायरेक्ट यूट्यूब पर बात हो तो मैं आज ऐसा तरीका बताऊंगा आपको जो आपको YouTube पर ना जाकर आप Play Store पर भी आप चेक कर सकते हो भाई कौन सा पेलेटर वो अच्छा है कौन सा नहीं है तो तो मैं उसके बारे में बताने आ रहा हूँ तो मेरे साइड में आपको, रही मैं आपको सर्च करेंगे प्ले स्टोर में जाके तो हम प्ले स्टोर ओपन करते हैं प्ले स्टोर ओपन करने के लिए बाद में ये जो ऊपर है आपको सर्च बार दिख रहा है उसमें सर्च करेंगे पे लेटर पे लेटर जो में आ रहा, जेस्ट मनी जो जेस्ट की मनी के बारे में तो आप जानते हो तो इसकी अच्छी जो रेटिंग है और सबसे बेस्ट जो शॉपिंग लोन है वो गजब पर देती है और दूसरा आता है ले जी पे तो हम अगर आपको ये पता ना चले कि एन बी एफ सी एप है तो आप उस जैसे मैंने ले जी पे पे क्लिक कर लिया क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इसकी रेटिंग है तो आपको पता चल जाएगा की कौन सा जो पे लेटर है वो बेस्ट है या फिर दिस ऐप के अंदर यहाँ पे ये अपनी जानकारी दे रखा है की हम पंद्रह दिन के लिए पेन लेटर की लिमिट आपको यूज करने के लिए देते हैं पंद्रह दिन के बाद में आपको रिटर्न यहाँ पे रिपेमेंट करना होता है और ले जी पे क्रेडिट कार्ड तो ये एक, एक कार्ड ही हमारे को जो देते हैं उसकी लिमिट जैसे हमारे को लिमिट मिलती है पहले लेटर की वैसे ही इसमें लिमिट मिलती है तो ये कार्ड के थ्रू तो हम कहीं पे भी ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ऑफलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं इनकी जो साइट है वो यानी दो प्लस वेबसाइट है जो मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा हम कोई भी साइट पे हम बाय कर सकते हैं कुछ भी इनके एप्लीकेशन के द्वारा हम यू के थ्रू या फिर क्यू आर कोड के थ्रू या ऑनलाइन हम वैसे भी डायरेक्ट इनकी जो लिमिट यूज कर सकते हैं यूज करेंगे तो हमारा करें तो जो क्रेडिट स्कोर है वो इंक्रीज भी होएगा और इन, इन इसी एप्लीकेशन के द्वारा हम थोड़ी क्रेडिट स्कोर भी हमारा चेक कर सकते हैं तो हम पर्सनल लोन भी ले सकते हैं इसके द्वारा अगर आपकी जो क्रेडिट लिमिट अच्छी है और आप कभी भी इसके कोई भी एप्लीकेशन में लोन के द्वारा डिलाई नहीं की है और आपका क्रेडिट स्कोर इंक्रीज हुआ है तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं पर्सनल लोन आपको मिल सकता है यहाँ पे और ये है सिंपल ई एम आई कैलकुलेशन सब यहाँ पे जोड़ रखा है और सब दे सकते आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हमारे को कौन सा बेस्ट लगता है अगर यहाँ पे बहुत सारे जो एनबीएफसी के पेलेटर हैं जैसे सिंपल पे हुआ फ्रीओ पे हुआ या सीजल पे बाई ने लेटर हुआ जो ये एप्लीकेशन है उसके दौरान हम फर्स्ट ई हमारे पास से पे करेंगे और यानी सिक्स ई एम आई बन देश की तो भारत पे, पे का बहुत बेस्ट एप्लीकेशन है Later, score, bullet, bullet है आपको में एक ऐसा बेस्ट जो आपका सिविल है वो अपडेट नहीं हुआ पेन कार्ड बनवाया है और आपका सिविल स्कोर इंक्रेज नहीं हुआ या फिर वहां पर शो नहीं हो रहा है तो मैं एक एप्लीकेशन बताऊंगा आपको उसके द्वारा आप अपना सिविल स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं अपडेट करवा सकते हैं तो मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ तो सबसे बेस्ट है यहाँ पे इंस्टेट क्रेडिट कार्ड गैलेक्सी कार्ड तो गैलेक्सी कार्ड आपको सबसे बेस्ट एप्लीकेशन मिलेगा जिसमें आप तीन हजार की जो एफडी करके आप दो हजार की यहाँ पे लिमिट पा सकते हैं क्योंकि इसमें आपको एक कार्ड ही मिलेगा जो हर महीने आपको जो सीबिलेडिट स्कोर है वो अपडेट होता रहेगा क्योंकि न्यू अगर आप नए पैन कार्ड बनाए हो तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर क्रेडिट स्कोर अपडेट नहीं है क्योंकि जीरो पॉइंट भी तो वहाँ पे आपको लोन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कहीं पर पे लेटर मिलना मुश्किल हो जाएगा तो सबसे बेस्ट है आप बेस्ट सबसे फर्स्ट में यहाँ पे ग्लिप्स कार्ड में सबसे बेस्ट मानता हूँ की यहाँ पे आप पैसे देकर अपना सिविल स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी बता देता हूँ की यहाँ पे हाउ टू गेट क्रेडिट लिमिट पच्चीस हजार इन इन अप्रूवल क्रेडिट स्कोर तो ये बोल रहा है कि 25,000 हजार तीन मिनट में हम अप्रूव मिल जाएंगे अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हुआ तो डाउनलोड गैलेक्सी कार्ड तो आप डाउनलोड कर सकते और पैन कार्ड डाल के आधार कार्ड डाल के और यूज आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी और इसके द्वारा अगर आप रेफर करते हो तो यहाँ पे रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे आपको और इसकी जो रिपेमेंट है वो महीने की पंद्रह तारीख को जनरेट हो और लास्ट में 31 तारीख को इनका जो बिल है वो जनरेट होगा एनी टाइम कभी भी इनकी जो क्रेडिट लिमिट है आप यूज कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन के द्वारा या फिर ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन आप इस कार्ड को यूज कर सकते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो यही था सिविल स्कोर इंक्रीज करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बेस्ट तरीका बता दिया हूँ जो जहाँ से आप जो सिविल स्कोर का जो पॉइंट है वो इंक्रीज होता रहेगा आपका हर महीने रूटीन टाइम पे हाँ दोस्तों एक बात और बता देता हूँ कि इनका जो बिल जनरेट होने के बाद में अगर आप इसका रिपेमेंट करते हो तो आपका जो वो है वो अपडेट होएगा अगर आप आज यूज कर लिए और कल आपको वापस पे कर दिए तो उसमें बिल जनरेट नहीं होगा तो अपडेट नहीं होगा अगर आपको कोई भी पेलेटर या फिर लोन एप्लीकेशन का न्यू अप्लीकेशन चाहिए तो यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे रेटिंग और न्यू एप्लीकेशन न्यू तो ये दोनों में आप देख सकते हो कि अगर आपको कोई भी पेलेटर लॉन्च हुआ है प्ले स्टोर पर तो यहाँ पे रेटिंग के पास में न्यू न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में जो भी यहाँ पे पूरी लिस्ट आएगी पेलेटर की क्रेडिट लिमिट कोई भी न्यू एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन पे लेटर का लॉन्च होगा यहाँ पे शो हो जाएगा तो दोस्तों यही था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो थोड़ा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही साथ में आप जरूर बता देना की जो भी आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको